सज्जना इस वीडियो में आपका स्वागत है महापुरुषों की बाणियाँ हैं दो दिन जग में जीना है इतने पर क्यों इतराते हो मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे काया भी बदनाम करी अफसोस की खाली हाथ चले संत फरमाते हैं कि अजी, इस संसार में केवल दो दिनों का जीवन है इस दो दिन के जीवन में तो किस बात पर फूला फिरता है और कहता है कि यह मेरा शरीर है यह मेरा धन है यह मेरा परिवार है और मैं इन सब का मालिक हूँ सो यह तेरी बड़ी भूल है तेरी अपनी वस्तु तो केवल केवल एक प्रभु का नाम है उसको तो तूने साथ लिया नहीं और दिन रात अचेतता के अंदर बिता दिए इसलिए तेरी हालत पर अफसोस है कि तूने इस मानस शोले को भी बदनाम किया और अंत में खाली हाथ संसार से चल दिया साथियों महापुरुषों की वाणियों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें अमल में लाना चाहिए ताकि अं, अंतिम समय हमें पछताना न पड़े। जय हिंद जय भारत